हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन बोलता हूँ बीच वन इज़ हार्डवेयर इनमें से कौन सा जो है सो हार्डवेयर है ए बोलता है प्रिंटर बी पेन ड्राइव सी कीबोर्ड और डी ऑल इसका सही आंसर होगा डी ऑल मतलब प्रिंटर पेन ड्राइव और कीबोर्ड तीनों जो से हार्डवेयर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पता बीच वन इज नॉट सॉफ्टवेयर कहता इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं A, pen, B, CD, DVD, C, modem, D, है ए लाइट पेन बी सीडी डी या सी मॉडम और डी ऑल तो इसका सही आंसर है डी ऑल ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर नहीं है ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है चू इच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग कहता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है ए बोलता है सी डी या डी बी बोलता है कीबोर्ड सी बोलता है पेंट और डी बोलता है प्रिंटर इसका सही आंसर होगा डी प्रिंटर प्रिंटर जैसे इनपुट डिवाइस नहीं है ना दैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर कहता चूज वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ए बोलता है माउस बी बोलता है बी बोलते हैं प्रोजेक्टर सी प्रिंटर और डी स्पीकर इसका सही आंसर है ए माउस सो आउटपुट डिवाइस नहीं है ये इनपुट डिवाइस है नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव दिस कीज आर कॉल्ड दिस कीज का इसका यहाँ पे मतलब है जो ब्लू से डार्क किया गया है उस की को क्या कहते हैं ए नेविगेशन कीज बी फंक्शनल की सी डायरेक्शनल की डी विंडोज़ की इसका सही आंसर है ए नेविगेशन कीज़ ये जो एरो वाले एरो वाले जो की हैं कंप्यूटर में ये नेविगेशन कीज़ कहलाते हैं नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स बोलता है इन कंप्यूटर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज जिस तरह से आदमी के शरीर में दिमाग होता है उसी तरह से कंप्यूटर में ब्रेन का काम कौन करता है तो इसका सही आंसर है सॉरी इसका ऑप्शन <coughs> ए है मॉनिटर बी है सीपीयू सी है कीबोर्ड और डी है रैम और इसका सही जो आंसर होगा होगा सीपीयू बी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर नो नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू पी कहते हैं कि सी का फुल फॉर्म क्या है जिसको कि हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं तो ए बोलता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बी बोलता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सी बोलता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और डी बोलता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट तो इसका सही आंसर जो है सो ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन RAM स्टैंड पर कहते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है रैम को पुराना क्या है ए बोलता है रीड एक्सेस मेमोरी वी बोलता है रीच एक्सेस मेमोरी सी बोलता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी नन तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन कहते ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी नैक्स्ट क्वेश्चन फुल रॉम for का पूरा नाम क्या है ए रेंडम ओनली मेमोरी बी रीड ओनली मेमोरी सी रीच ओनली मेमोरी और डी नन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीच रीड ओनली मेमरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन बोलता है फुल फॉर्म ऑफ सिम दैट इज़ यूज इन मोबाइल हम लोग जो मोबाइल में यूज करते हैं जो सिम कार्ड उस सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन ए बोलता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल बी बोलता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल सी बोलता है सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉडल और डी बोलता है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉडल इसका सही आंसर है वो होगा ए ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन बोलता है मैक्सिमम साइज फाइल कैन बी सेंड थ्रू ईमेल कहता है कि ईमेल के थ्रू हम लोग मैक्सिमम कितना साइज जो से एक बार में भेज सकते हैं एक मेल में ए बोलता है टेन एमबी बी बी फिफ्टीन एम सी ट्वेंटी एमबी और डी ट्वेंटी फाइव एम इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव एम जी हाँ हम लोग जो ईमेल के थ्रू हम लोग जैसे 25 MB बी तक ट्वेंटी फाइव एम बी तक ही हम लोग कोई डेटा को सेंड कर सकते हैं एक बार में नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोलते हैं अटैचमेंट साइड लिमिट इन टू आट ए बोलता है फिफ्टीन MB। बी बी बोलता है सिक्सटीन एम बी बोलता है सेवेंटीन mb और डी बोलता है एटीन एम इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही है सिक्सटीन एम बी नैक्ट क्वेश्चन का फुल फॉर्म क्या है ए बोलता है कंप्यूटर यूजर इंटरफ्रेस बी कंप्यूटर यूजिंग इंटरफ्रेस C character user interface, और D character user interface, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C character user interface. Now the next question, question number फोर्टीन Question number फोर्टीन बोलता है द फुलॉर्म ऑफ जी यू आई इज जी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है ए ग्रैफ कल यूजर इंटरफेस बी ग्रैफ यूजर इंटरफेस सी ग्राफिकल यूजिंग इंटरफेस आर डी ग्राफ यूजिंग इंटरफेस इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाइट इज इक्वल टू ए वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर डीट्स बी 1000 bits, बिट्स सी एट विट्स आर डी नन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी to विट्स byte. विट्स इज byte. तो ए बाइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बीजियस फुल इज कथा बीजिए का फुल फॉर्म क्या होता है ए वीडियो ग्राफिक्स एरे बी विजुअल ग्राफिक्स एरे सी वीडियो गेम एरे और डी नन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वीडियो ग्राफिक्स एरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन दई विच वी कैन Only make calls and send messages. The phone is called a smartphone, b Android phone, c dual sim phone, d basic phone. Now the, this, का जो सही आंसर होगा होगा d basic phone. Now the next question number eighteen. Which type of tablet is suitable for people who have to work in harsh environment conditions? A. booklet B. rugged C. hybrid और डी स्टेट कहते हैं कि वो कौन सा टैबलेट है जिसको हम लोग रफ एंड टैप यूज कर सकते हैं मोइस्चर में भी यूज़ कर सकते हैं हल्का पानी भी पड़ जाए तो उसको बचा बच सकता है सोटेबल जा सकता है या फिर हल्का गिर गिर उड़ जाए तभी तो जो है सो वो और सब टाइप के मुकाबले वो जो है से ज़्यादा पावरफुल होता है दैट इज़ कॉल्ड, तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा बी रग्ड टैबलेट रग्ड एक टैबलेट होता है जो कि रफ एंड टैप के लिए यूज किया जाता है नौस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन होता है शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है तो कॉपी करने के लिए ए बोलता है कंट्रोल एक्स बी बोलता है कंट्रोल भी सी बोलता है कंट्रोल सी और डी बोलता है कंट्रोल ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से कंट्रोल सी नौ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी शॉर्टकट इज फॉर ऑल सेलेक्शंस किसी टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है ए बोलता है कंट्रोल ए बी बोलता है कंट्रोल सी सी बोलता है कंट्रोल वी और डी बोलता है कंट्रोल एक्स ना इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही है कंट्रोल ए करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट जो है एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन बोलता है शॉर्टकट की फॉर कट कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज़ किया जाता है ए बोलता है कंट्रोल ए बी बोलता है कंट्रोल सी सी बोलता है कंट्रोल भी और डी बोलता है कंट्रोल एक्स इसका जो सही ऑप्शन आंसर सही है वो है डी कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स जब करेंगे तो जो सिलेक्टेड जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो जैसे है वहाँ से कट हो जाएगा न होता नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू शॉर्टकट की फॉर पेस्ट ए बोलता है कंट्रोल ए वी कंट्रोल C C बोलता है कंट्रोल भी और ऑप्शन D बोलता है कंट्रोल एक्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन C सही है कंट्रोल प्लस भी कंट्रोल भी जैसे ही करेंगे तो जो टेक्स्ट कॉपी हुआ रहेगा वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा ना हो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री शॉर्टकट की टू फाइंड आउट कहता है कि किसी भी चीज़ को फाउंड आउट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज करते हैं ए बोलता है कंट्रोल जेड बी बोलता है कंट्रोल एफ सी बोलता है कंट्रोल वाई और डी बोलता है कंट्रोल बी तो इसका जो सही आंसर है वो बी है कंट्रोल एफ जैसे ही कंट्रोल एफ़ करेंगे तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उस डायलॉग बॉक्स में जो वर्ड हमको खोजना है उसको टाइप करना टाइप करके और इंटर दबाना देना होता है जितने भी उस तरह के वर्ड होंगे वो सारे उसके सारे जैसे आते जाएंगे हर हर इंटर प्रेस पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर शॉर्टकट कीज टू एंड टू लास्ट ऑप्शन लास्ट एक्शन कहता है कि किसी भी लास्ट एक्शन को एंडो करने के लिए फिर से करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है तो ए बोलता है कंट्रोल जेड बी कंट्रोल एफ सी कंट्रोल वाई आर डी कंट्रोल बी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन तो नंबर ए सही है कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड जैसे ही करते हैं तो इसमें एंड हो जाता जो है।, no, question, question 25, Word, command, R, है जो लास्ट ऑप्शन एक्शन किए थे वो वहां पे हमको पहुँचा देता है नौ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव टू ओपन एमएस वर्ड वी टाइप टन कमांड दैट इज विंडो प्लस आर इज फॉलोड बाय कहता है जब हम लोग शॉर्टकट की से रन कमांड दबाते हैं विंडो प्लस आर तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उस डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या वर्ड टाइप करते हैं कि एमएस वर्ड जो है सो ओपन हो जाता तो ए बोलता है एमएस वर्ड बी बोलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सी बोलता है विन वर्ड डी बोलता है वर्ड पैड तीस सही जो आंसर होगा वो होगा सी विन वर्ड डायरेक्ट बॉक्स में फिन वर्ड जैसे ही टाइप करके इंटर दबाएंगे तो एमएस वर्ड जो है ओपन हो जाएगा नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स बोलता है टू ओपन एक्सेल टाइप रन कमांड दट इज विंडो प्लस आर फोर कहता है अगर हमको एक्सेल खोलना हो रन कमांड दबा के तो डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करेंगे तो ऑप्शन ए बोलता है एम एक्सेल बी बोलता है एक्सेल सी बोलता है एम ऑफिस और डी बोलता है एक्सेल सीट इसका सही आंसर है वो है बी उसमें हम लोग एक्सल टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे उसके बाद जो है सो का फाइल जो है सो ओपन हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कहता है टू सेव द फाइल इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की इज कहता है एमएस वर्ड में अगर कोई फाइल को हमको सेव करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या दवाएंगे तो ए बोलता है कंट्रोल प्लस सी बी बोलता है कंट्रोल प्लस एस सी बोलता है कंट्रोल प्लस बी और डी बोलता है कंट्रोल प्लस आर इसका जो सही आंसर है वो है बी कंट्रोल प्लस एस नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बोलता है शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन एक्सएल और एम एस वर्ड एम वर्ड या एक्स फाइल खुला हुआ हो तो हमको सेव हैच सेव हैच का मतलब होता है कि हम जो फाइल का नाम देंगे जो अभी प्रेजेंट है उससे कुछ न कुछ डिफरेंट जब नाम देना होता है उस फाइल का तब हम लोग सेव है इसका यूज़ करते हैं और बोलता है कि उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं तो ए बोलता है F2 बी बोलता है F5 और सी बोलता है F10 और डी बोलता है F12 टूवेल्व तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी एफ ए ट्वेल्व हम लोग जैसे ही टाइप करेंगे तो सेव हैज का ऑप्शन आ जाएगा नैक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू ट्वेंटी नाइन टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट दर्टकट की एज किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग को शॉर्टकट की कौन सा यूज किया जाता है ए बोलता है कंट्रोल प्लस बी बी बोलता है कंट्रोल प्लस बी सी बोलता है कंट्रोल प्लस एड डी बोलता है कंट्रोल प्लस एक्स इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पी जैसे ही करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा नौ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी बोलता है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल इज यूजफुल फोर हमको हम लोगों को का यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस टेल ए बोलता है टू स्टार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बी बोलता है टू इंटरप्ट फंक्शन किसी भी फंक्शन को रोकने के लिए टू डिलीट एनी फाइल किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए या डी बोलता है टू सेव एनी फाइल या किसी भी फाइल को सेव करने के लिए तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है कहता है कि टू इंटरप्ट आ फंक्शन कभी कभी हम लोग जब कंप्यूटर यूज करते रहते हैं तो कभी कभी जो कंप्यूटर हैंग कर जाता है उस स्थिति में भी कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का यूज करके रीस्टार्ट या शॉर्ट किया जा सकता है ठीक है ना होती नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन थर्टी बोलता है गूगल क्रोम Mozilla Firefox and Internet Explorer are examples of। कहता है कि ये तीनों के तीनों जैसे किस चीज़ के एग्जांपल हैं ए बोलता है वेबसाइट हैं बी बोलता है वेब सेवर हैं सी बोलता है वेब ब्राउजर हैं और डी बोलता है नन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सही है। वेब ब्राउज़र है ये तीनों के तीनों जैसे उजर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू होता है एच टी टी पी स्टैंड पर कहता कि एच का फुल फॉर्म क्या होता है ए बोलता है हाइपर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बी बोलता है हाइपर टेक्सट टेक्स्ट प्रोटोकॉल सी बोलता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉरी सी बोलता है हाइयर टेक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आर डी बोलता है हाईअर टेक्सट टेस्ट, टेस्ट प्रोटोकॉल इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा हाईपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड ए आ डेटा बी आ प्रोग्राम सी फाइल आर डी प्रोसेस इसका सही आंसर होगा वो होगा बी इसको प्रोग्राम भी कहा जा सकता question is, question 30, है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन है ए बोलता है की बी बोलता है स्कैनर सी बोलता है प्रिंटर और डी बोलता है माउस इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सही होगा माउस जो पॉइंटिंग डिवाइस है हम लोग को जहाँ पे जिस लोकेशन पे जाना होता है एग्जैक्ट हम लोग वहीं पे जो है सो पॉइंट आउट करते हैं और उस पॉइंट आउट में पॉइंट आउट का, का काम सिर्फ और सिर्फ माउस ही कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव बोलता है अ फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ए फोल्डर बुक बी डायरेक्टरी लिस्ट सी डायरेक्टरी सिस्टम और डी डायरेक्शन सिस्टम नो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सही डायरेक्टरी सिस्टम फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी सिस्टम नोथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, सिक्स बोलते हैं नोट पॉड नोट पैड फाइल्स ए डॉट डी बी डॉट टी सी डॉट पी एन और डी डॉट जे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉट टी जब हम लोग कोई भी फाइल सेव करते हैं चाहे वो एमएस वर्ड का हो एमएस एक्सेल का हो वर्ड पैड का हो का हो तो एक एक्सटेंशन कोड बोल एक बाई डिफॉल्ट एक्सटेंशन कोड बोलता है बनता है और जब हम लोग नोट का फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन कोड बाई डिफ़ॉल्ट बनता है वो बनता है डॉट टी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बता क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन बोलता है विद द हेल्प ऑफ की ओनली द शॉर्टकट की टू क्लोज द रनिंग प्रोग्राम इज कहता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम जैसे रन कर रहा है कोई फाइल को ओपन किए हैं तो उसको बंद करने का शॉर्टकट शॉर्टकट किट क्या है तो ये बोलता है हेल्ट प्लस एफ एफ बी बोलता है अर्ट प्लस एफ सी बोलता है अर्ट प्लस एफ और डी बोलता है अर्ट प्लस एफ तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सही अर्ट प्लस एफ जैसे ही करेंगे तो क्लोज होगा कोई भी जो फाइल ओपन होगा वो जो है सोट प्लस एफ करने के बाद वो जो है वो बंद होगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी एट टू रिफ्रेश आवर कंप्यूटर वी कैन यूज शॉर्टकट की हम लोग अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं एफ थ्री बी एफ फोर सी एफ सिक्स आर डी एफ सिक्स सॉरी सी एफ फाइव और डी एफ सिक्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C से ही एफ फाइव एफ जैसे ही टाइप करेंगे फंक्शन की एफ फाइव जैसे ही की टाइप करेंगे कंप्यूटर जैसे फ्रेश होगा ना होता नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन फुल फॉर्म ऑफ www डब्ल्यू बोलता है वर्ल्ड वेब वाइड बी बोलता है वर्ल्ड वाइड वेब सी बोलता है वाइड वर्ल्ड वेब बोलता है वेब वाइड वर्ल्ड इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी सही वर्ल्ड वाइड वेब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फादर ऑफ कंप्यूटर इज कहता है कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है ये बोलता है एलेन टर्निंग एलेन टूरिंग बी बोलता है क्लाउडी एलबुड सी बोलता है राजीव गांधी जो कि फादर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेलीकॉन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया में जो कंप्यूटर का रिवोल्यूशन हुआ था उसके जैसे जन्मदाता थे राजीव गांधी तो ऑप्शन सी बोलता है कि क्या ये कंप्यू फादर ऑफ कंप्यूटर हैं क्या ये कंप्यूटर के पिता हैं आरडी बोलता है चार्ल्स हम बता दें इसमें तीनों की तीनों जहाँ से विदेशी हैं और एक हमारे इज़ राजीव गांधी के नाम आ रहा है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सही है तो इसका जो सही आंसर है वो है डी चार्ल्स बैवेज ठीक है नाक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एपन टू ओपन अ न्यू स्लाइड इन एक्सेल, द शॉर्टकट की इज। कहते हैं हम कि अगर एक्सेल में अगर नया स्लाइड जो है ओपन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो ए बोलता है कंट्रोल प्लस एम बी बोलता है कंट्रोल प्लस एन सी बोलता है कंट्रोल प्लस एक्स और डी बोलता है कंट्रोल प्लस जेड तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए कंट्रोल प्लस एम नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इन एम एस वर्ड द शॉर्टकट की टू सेव है कहता है एम एस में अगर हमको सेव है का ऑप्शन डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट लाना हो तो उसके लिए हम लोग कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ए बोलता है एफ टू बी बोलता है एफ फाइव सी बोलता है एफ़ टेन और डी बोलता है एफ टूवेल्व इसका तो सही आंसर होगा वो होगा डी एफ टेल्व एफ ट्वेल्व जैसे ही टाइप करेंगे तो एम एसवर्ड में जो फाइल रहेगा सेव है का ऑप्शन आ जाएगा और उस फाइल को हम लोग दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इन एम एस वर्ड शॉर्टकट कीज टू ड अगर हमको वोल्ड करना हो टेक्स्ट को तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे एम एस वर्ड में ए बोलता, बोलता है कंट्रोल प्लस बी बी बोलता है कंट्रोल प्लस बी सी बोलता है कंट्रोल प्लस सी और डी बोलता है कंट्रोल प्लस डी इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सही कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस बी जैसे ही करेंगे तो जो टेक्स्ट सेलेक्ट होल रहेगा वो जो है से बोल्ड हो जाएगा ना हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर्टी फोर बोलता है इन एम एस वर्ड शॉर्टकट की टू इटालियन फंड कहता है इटालियन फोल्ट एक तीछा तीछा जो है से वर्ड को लिखा जाता है तो उसके लिए कहता है कि इटालियन फोल्ड के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ए बोलता है कंट्रोल प्लस सी बी बोलता है कंट्रोल प्लस जेड सी बोलता है कंट्रोल प्लस आई और डी बोलता है कंट्रोल प्लस एल इसका जो सही आंसर है वो होगा सी कंट्रोल प्लस आई आई फॉर इटली और इटली से बनाया इटालियन ठीक है ना होता नेक्स्ट क्वेश्चन इस ई वर्ड शॉर्टकट की टू अंडरलाइन देंटेंसेस कोई भी सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है तो ए बोलता है कंट्रोल प्लस आई बी बोलता है कंट्रोल प्लस बी सी बोलता है कंट्रोल प्लस यू और डी बोलता है कंट्रोल प्लस एल तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल सी कंट्रोल यू ई द शॉर्टकट की वाई विच वी कैन यूज द द अंडरलाइन नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स बोलता है एन वर्ड टू ऑपन अ न्यू फाइल सॉरी टू ओपन अ न्यू पेज द शॉर्टकट की इज ए कंट्रोल प्लस एम बी कंट्रोल प्लस एन सी कंट्रोल प्लस ए और डी कंट्रोल प्लस सी इसका जो सही सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस एन जैसे ही टाइप करेंगे तो एमएस वर्ड में दूसरा पेज जो है सो ओपन हो जाएगा ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन बोलता है दस हॉरिजेंटल बार ऑन द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड हॉरीजेंटल बार मैं बात कर लूँ तो हॉरीजेंटल बार जो है सो इस वाले की बात कर रहे हैं इस जो मैं माउस से पॉइंट आउट कर रहा हूं इस वाले पार्ट को ओरिजेंटल बार की बात कर रहा है और ये डेस्क और ये डेस्कटॉप है तो इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं ये जो है हरिजेंटल ओरिजेंटल जो बार है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसका जो ऑप्शन है ये है प्रोग्राम बार बी है एक मिनट यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की बात कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन बोलता है ये है प्रोग्राम बार बी है डेस्कटॉप बार सी है टास्क बार और डी जो है सो है फाइल बार तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सही है टास्क वार जो ओरिजेंटल बार होता है डेस्कटॉप में उसको क्या कहते हैं तो टास्क वार कहते हैं ना होते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट बोलता है अ फोल्डर इज इन अर एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना तो उस फोल्डर को क्या कहते हैं तो ए बोलता है मेन फोल्डर बी बोलता है सेकेंडरी फोल्डर सी बोलता है सब फोल्डर और डी बोलता है रूट फोल्डर तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी इसको बोलते हैं सब फोल्डर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन बोलता है टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन एक्सेल द शॉर्टकट की इज एक्सेल में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यू यूज करते हैं कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं ए बोलता है F5 फाइव बी बोलता है F4 फोर सी बोलता है F3 और डी बोलता है F2 तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए सही F5 F5 जैसे ही टाइप करेंगे तो स्लाइड्स जो एक्सेल में है वो स्टार्ट होने लगेगा नौ दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बोलता है इन की द की एफ टू एफ टूल्व इज कॉल्ड कहता है कीवर्ड में जो की होते हैं एफ वन से लेके एफ ट्वेल्व तक उस की को क्या कहते हैं तो ए बोलता है मॉडिफायर बी बोलता है अल्टर की सी बोलता है फंक्शन की और डी बोलता है डायरेक्शनल की इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी फंक्शन की नौ